साथियों आज हम जानेंगे एक ऐसे औषधीय पौधे को जिसकी बहुत सारी औषधीय गुण वो रखता है ये एक एनमल प्लांट है जिसको हम कालमेग के नाम से जानते हैं टेक्सोनोमिकली इसको एंड्रोग्रेफिस पेनिकुलेटा कहा गया है जैसा कि आप देख रहे हैं यह है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों ही स्थितियों में है कालमेग एक फैमिली का ये पौधा है और यह लीवर की वंडरफुल मेडिसिन है सर्कुलेटरी सिस्टम में भी इसका विशेष योगदान है विभिन्न प्रकार के जो बुखार होते हैं फीवर वो किसी भी सोर्स का हो चाहे वो मलेरिया से हो वायरल फीवर हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फीवर जो होता है उस सब में इसका उपयोग किया जाता है आयुर्वेद की दृष्टि से पंचांग इसका इस्तेमाल किया जाता है और यह है डिकॉक्शन बना के हम इसको दे सकते हैं डिकॉक्शन में आवश्यकता अनुसार शहद भी मिलाया जा सकता है यह शोधन का कार्य करता है इसके साथ साथ यह हिपैटोमिगेली में भी बहुत कामयाब है और हिपैटोमिगेली में इसके बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स भी आए हैं इसके साथ साथ इसमें एंटीवायरल पोटेंशियल भी है और यह रेमिटेंट फीवर जो बार बार बुखार हो जाता है मौसम बदलने के बाद इम्यूनिटी वीक होने के समय उस सब में भी ये इजीली पेशेंट को क्योर करने में हेल्प करता है कोई विशेष लागत इसके कल्टीवेशन में नहीं आती है सीड के माध्यम से और कटिंग के माध्यम से इसका प्रोपिगेशन किया जा सकता है जैसे कि आप देख रहे हैं इसको वैसे कॉमन किंग ऑफ बिटर्स भी कहते हैं लेकिन किंग ऑफ बिटर स्वरतिया चिरायता को ही कहा जाता है इससे इसका कन्फ्यूज़न नहीं करना चाहिए और क्योंकि यह सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में इजीली हो जाता है इजीली ये अवेलेबल है और इसको हम अच्छी मात्रा में आइडेंटिफाई करके ही यूज़ करना चाहिए बहुत सारे पौधे इसी जैसे देखने में समानांतर रूप से उनकी मॉर्फोलॉजी होती है इससे कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए आप देख पा रहे हैं सर्दी के कारण इसके लीव्स थोड़े ब्लैक हो गए हैं और इसका जो वाइट कलर के इस पर फ्लावर्स आए हैं क्योंकि एक एंते फैमिली का है इसके फ्रूट्स बस्ट होते हैं और अपने आप ही ये प्रोपिगेशन भी करते रहते हैं यह है पलमोनरी स्टीनोसिस उसमें भी इसका बहुत अच्छा उपयोग किया जाता है इसके साथ साथ यह एथीरोसिकलेटिक एलियक आर्टरी डिसडर्स जो होते हैं उसमें भी ये वंडरफुल कार्य अपना करता है मैं समझता हूँ ये औषधीय पौधा सभी अपने गमलों में लगा सकते हैं कहीं वेस्ट लैंड हो वहाँ पे इसको लगाया जा सकता है और बहुत सारे मौसम में चेंज होने वाली जो बीमारियाँ हैं कोल्ड है कफ है फीवर है उस सब में हमको निजात दिला सकता है आप इसको ध्यान से देखिए कितना सुंदर यह एक एनअल हर्ब है पेरिनल है ये और एक सीज़न के बाद ड्राई हो जाता है अपने आप दोबारा से ये ग्रोथ करता है सर्कुलेटरी सिस्टम को ये एक्टिव रखता है ब्लड को प्योरीफाई करता है वंडरफुल प्लांट है जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं फार्मर्स की फील्ड पे कल्टीवेट करना बहुत ही आसान है और होल प्लांट का पाउडर बना के हम इसको स्टोर कर सकते हैं धन्यवाद